चार दिन की चांदनी है जी सके तो जी ले फिर जिंदगी बेकार है सब मजे कर सकता है तो कर ले जिंदगी चार दिन की है फिर किसने जाना है किस ये जितने डायलॉग आज तक आपने दुनिया में सुने ऐसे लोगों को आपने बर्बाद होते हुए देखा कि मिले अरे कल किसने देखा है रे अरे क्या लाए थे क्या ले जाएंगे रे अरे तू क्या लाए था रे? क्या ले जाएंगे ये तो बाद की बातें है पहले तू जितने दिन रहेगा तो सामान चाहिए कि नहीं चाहिए उनके बिना जिएगा कैसे भाई उनके बिना जीवन संघर्षों से ऊपर आएगा कैसे आपको अपने लाइफ को अगर ग्रो करना है तो पहले अवेयरनेस ग्रो करनी होगी अवेयरनेस